hello guys welcome back in our youtube channel if you are new to our channel so please do like and subscribe and don't forget to press the bell icon to see the new videos subscribe alerts so okay let's move to the video today we will learn how to solve alinea equation in linear equation with the help of elimination method i have created video on uh, substitution method and graphical method also And this is the third video that I'm going to create over elimination method, right? So basically, two equations are given in the equation. Where in it, uh, uh, where in if the coefficient of x or maybe y is uh, similar in both equations, then no problem. We will simply do the subtract to get the value of overall variable that can be x or that can be y. So there is no need to worry if you have similar value of the coefficients in both of equation and of the any variable. Uh, so we will simply do subtract and get the value of uh, one variable. Then we will do uh, some some simplist steps. If any of the coefficients is not similar in uh, both of the equation, then what? Then no need to worry. I am here, so I don't need to worry. I am telling you what step you have to take if you don't have a similar value in both of the equations, coefficient of any variables. Okay. So what step I will tell you that uh, step you have to follow to make the uh, coefficient equal in both of the equations. Then we will continue the all same steps to get the value of another variable. सो लेट स्टार्ट हेयर लेट्स द स्क्रीन हेयर इक्वेशन को चेक कर लिया और हमें पता चला है कि इसमें जो है कोई भी है uh, जो है इक्वल या सेम नहीं है किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी हम क्या इक्वेशन को सेम करेंगे दोनों तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें जो है एक्स के कॉफिशंट को जो है सेम करना दोनों इक्वेशन तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे जो इक्वेशन uh, वन को जो है कंप्लीटली uh, टू से जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन जो है के कॉन्फिशियंट की वैल्यू टू है और ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में भी हमें जो है थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के कॉफिशियंट की वैल्यू है तो ठीक है ना तो इसके बाद जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो पिक्चर आने वाली है वो इस तरीके से अभी अभी क्या हुआ है अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिमिलर हो चुकी है अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि जो x के कॉफी शेट है वो दोनों में जो है सेम हो चुकी है और जो कम्प्लीटली जो x का कॉफीज y का कॉफीज और जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू वो कम्पलीटली चेंज हो चुकी है ना तो अभी आप देख सकते दोनों इक्वेशन में सिक्स है और एक्स के साथ जो है तो अभी हम क्या है इसको अब सब करेंगे सब करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएंगे वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली होता है क्या हम सब्टैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस माइनस माइनस तो इसी के बेस पे हम जो है चेंज करते हैं ठीक है बट हाँ एक चीज ध्यान रखना है हमें जो इक्वेशन नीचे है उसी के ही साइंस चेंज हो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा है ना तो अभी अभी आपके पास जो डिस्प्ले आने वाली है वो इस तरीके से आने वाली है आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे अभी इसको हम कैसे रिजल्ट क्या होगा देखो अभी यहाँ पे क्या है सिक्स जो है कट गया है कट गया तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो तो आ रहा है माइनस फाइव बाई है ना कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो है ना तो ठीक है तो दोस्तों अभी आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से तो अभी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो वाई की फाइंड आउट हो चुकी है वो क्या आ रहा है माइनस अभी हम क्या करेंगे इस y वाई, वाई की वैल्यू आ चुकी है माइनस अभी हमें जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इसमें है ना तो अभी हम इसके लिए हम क्या करेंगे आगे चलते हैं अभी हमें y की वैल्यू तो मिल चुकी है अभी हम क्या कर रहे हैं ये जो हमारे पास जो इक्वेशन वन थी अब हम जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इक्वेशन वन कन्वर्ट करने से पहले हम उसमें क्या कर रहे हैं वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू से जो हमें मिली है जो हमने फाइंड आउट करी है ना तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी माइनस टू एकदम सही तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हमारे थ्री एक्स प्लस टू वाईकल टू इलेवन होती है बट अभी हमने क्या वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है माइनस तो टू इजल तो इस तरीके से हम स्टेप बाई स्टेप सोल्व करते तो हमारे पास जो आउटकम आता है वो एक्स की वैल्यू फाइव आ जाती है तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए उपयोग करते हुए हमने जो है अभी एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है ना तो अगर आपको कुछ भी चीज अगर इसमें समझ ना आई हो या किसी चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन तो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करें तो मैं आपको जो है उस चीज़ ज्यादा से ज्यादा कमेंट का जो है रिप्लाई दूंगा जहाँ तक कोशिश हो चुकी तो डोंट तो फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आईकॉन एंड प्लीज शेयर विद यू सो मच ऑल द बेस्ट